लग ज नहीं, तो नहीं होगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को दो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ एक बिनोमो पे और दूसरा क्यू टैक्स पे और गाइज हम विदाउट एंडिगेटर के जो है ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पे सिर्फ जो हम ट्रेडिंग करेंगे ना सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडिंग करेंगे कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं गाइज़ अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हो ना तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा हाँ वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा आज हम टॉप ट्रेडर्स में जो है जो रैंक कर रहे हैं ना वो दूसरे नंबर पर कर रहे हैं जहाँ पर यू लिखा हुआ रहा है टेकफोशान जो है आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना बिनोमो ओपन करना और वहाँ जाके जो है आप देख लेना तो गाइज आज की वीडियो में ना हम छोटी मोटी अर्निंग नहीं गाइज बहुत बहुत बड़ी अर्निंग करके दिखाने वाले हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पे और गाइज यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा मैं अपना सभी अमाउंट यहाँ पे लगाने वाला हूं टोटल अमाउंट जो है जीरो करने वाला हूं और आप लोगों को पता है ना मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट होता है तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहां पे यही दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको नॉलेज है ना तो आप यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप चाहे जितना अमाउंट लेगा सिर्फ लॉस होगा तो मैं यहाँ पर पहले तो यहाँ से जो है स्टार्ट करूँगा पहले ही जो है मैंने यहाँ पर विन कर लिया है मैं आप लोगों को यहाँ पे भी टॉप ट्रेडस में अभी जो है दिखाना चाहूँगा ये थोड़ा सा जो है मैंने विन किया वीडियो लंबा ना करते हुए यहाँ पर तेरहवें नंबर पर फिलहाल जो है यहाँ पे रैंक कर रहा हूं ठीक है तो यहां पे पॉइंट बना है आप देख सकते हो यहां पे जो है मैं कुछ थोड़े अमाउंट की ट्रेडिंग करूंगा क्योंकि इसलिए करूंगा क्योंकि यहां पे एक पॉइंट बन रहा है ये अभी जो है सारी लॉस चल रही है आप लोगों को देख सकते हो ये कुछ मेरी दो तीन पहले भी जो है लॉस हुई थी यहां पे जो पॉइंट बन रहा है ना गाइज हो सकता है ये थोड़ा बहुत जो है ऊपर या नीचे चला जाए ठीक है यहां पर इसलिए मैंने यहां पर सात जो है इन्वेस्ट किए हैं ठीक है नेक्स्ट कैंडल पर हंड्रेड टेन परसेंट जो है आप लोगों को मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं तो हम यहां पर जो है रिक्स लेंगे एक पॉइंट यहां पर बनाता मैं आप लोगों को यहां पे जहां पे माउस है और ठीक इसी तरीके का पॉइंट जो है यहां पे फिलहाल जो है बन रहा है और यहां पे जो है मेरी ये जो है ट्रेड लॉस हो चुकी है मुझे पता है 99 परसेंट यहां से मार्केट जो है डाउन की तरफ जाएगी अब मैं यहां पे जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूं और जब तक जीरो मेरा अमाउंट नहीं होगा तब तक जो है मैं ट्रेडिंग लगाता रहूंगा और यहां पर जो है आप देखेंगे मेरा टोटल अमाउंट जीरो हो चुका है सिर्फ बारह पैसे हैं यहां पर अगर आप सत्रह लाख चौरासी हजार रुपए का जो है मैंने इन्वेस्ट यहां पे किया है इस जो है पॉइंट के ऊपर आप लोगों के सामने है और गाइस मैं यह बोल सकता हूं नाइनटी नाइन परसेंट जो है मुझे यहां पे विन हो जाएगा क्योंकि मैंने पीछे के तीन पॉइंट जो है देखें आप लोगों को यहां पे जो है तीनों पॉइंट जो है दिख रहे हैं ना मार्केट यहां से डाउन गई है और इसी चीज़ का जो है मैं फ़ायदा उठाऊंगा बहुत गायज मैं बोलूंगा यहां पे बहुत टाइम ऐसा आता है 99% जो है मार्केट को आपको समझना होता है ठीक है अगर आप मार्केट को समझ जाते हो ना ठीक है तो आप इजी तरीके से प्रॉफिट कर पाओगे मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप टोटल अपना अमाउंट लगाएं यहाँ पर आप देख सकते हो तैंतीस लाख जो है मेरे अकाउंट में हो चुके हैं और मैं यहाँ पर जो है टॉप ट्रेडर्स में आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर आठ नंबर का मैंने यहाँ पर अपना स्थान पर किया है और बारह हजार डॉलर के समथिंग जो है मेरा यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो चुका है तो गाइज मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है लाइव यहाँ पे ट्रेडिंग करके दिखाया और यहां पे जो है मुझे प्रॉफिट भी हुआ ये आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट है गायज 33 लाख और यहां पे अगर आप पॉइंट देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट और इसी तरीके से जो है सेम यह तीसरा पॉइंट और कैंडल्स भी ग्रीन जो है इसी तरीके से निकले थे तो मैंने इसी चीज का गैज यहाँ पर फायदा उठाया और आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रॉफिट करके दिखाया और ये आप देख सकते हो 33 लाख जो है मेरे अकाउंट में हो चुके हैं तो गाइज मैं यहां पे आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा अगर आप मेरे से कंप्लीट जो है ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैं आप लोगों से बोलूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का क्यूटेक्स का और टेलीग्राम का लिंक है गाइज यहां पर जो है मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है यहां पर गाइज में आप लोगों को फ्री कोर्स फ्री सिग्नल फ्री एडवाइस जो है देता हूँ ये आप देख सकते हो आज हमारा फ्री जो है अपलोड हुआ है और इसमें टोटल मेरी दस वीडियो हैं और गाइज यहां पे फ्री सिग्नल भी चलता है आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा तो गाइज अगर आप मेरा फ्री कोर्स फ्री सिग्नल फ्री एडवाइस लेना चाहते हो विदाउट पैसों के बिल्कुल फ्री में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है अभी जाइए और जो है वहां पर ज्वाइन हो जाइए ठीक इसी तरीके से जो है एक पॉइंट में आप लोगों को यहां पर जो है क्यू पे भी दिखाना चाहूंगा यहां पर मैंने ट्रेडिंग करके रखी है यह आप देख सकते हो मुझे यहां पे एक पॉइंट मिल गया था और मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट जो है अपना टोटल करके रखा है मेरा अमाउंट जो है यहाँ पे जीरो हो चुका है और यहाँ पे सात लाख रुपए का गाइज मैंने इन्वेस्ट किया है किस लिए किया है मुझे यहाँ पे जो है पॉइंट मिल गया था ठीक है ये आप देख सकते हो एक पॉइंट यहाँ से और एक कैंडल निकलने के बाद जैसे ही दूसरा कैंडल जो है ग्रीन बना और मैंने यहाँ पे जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और टोटल अपना इन्वेस्ट जो है यहाँ पे कर दिया मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है लाइव प्रोफिट दिखा रहा हूँ बाकी अगर आप मेरे से कुछ भी जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक है अभी अकाउंट बनाइए और जो है उसमें भी जुड़ जाइए टेलीग्राम में तो यहाँ पर जो है मेरा अमाउंट बढ़